अभी तो मैंने स्टार्ट किया है है और ये है श्यों श्यों ये की दाल मखनी है इस टाइम हम शिविर में पहले पहले ये जो भी है वगैरह वगैरह और आज हमारे भाई की तरफ से हमारी पार्टी है मेरा तो फर्स्ट टाइम भाई आते रहते इधर तो एक्साइटेड खाने के लिए दाल मखनी हापुड़ की फेमस दाल मखनी है लगे तो हापुड़ में ही है भाई तो ने नमक डाल दिया है बहुत ही फेमस दाल मखनी है शिवा ढाबे की बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इधर खाने के लिए और हम भी काफी दूर से आए हैं मेरा अरे अब तो खड़ा हो जा आधा घंटा हो गया खाते खाते अभी तो, तो मैंने स्टार्ट किया ले लो भाई दाल मखनी कैसी लगी आपको दाल मखनी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही जबरदस्त है तो ये मुर्गे से भी अच्छी लगती है मुर्गी अच्छी है भाई आपको दाल मक्खनी कैसी लगी नुम्ण। एक नंबर वाह मुझे भी बहुत अच्छी लगी अगर वीडियो तुम्हें तो पसंद तो तो है तो लाइक करो कमेंट करो और शेयर करो दाल मखनी ऐसी है ना कैसी है? कैसी है ना कैसी कैसी है पता नहीं कैसी है एक नंबर है ना तो एक नंबर बिल्कुल दो नंबर नहीं एक नंबर है I'll be nicked